जब उसने कहा कि तुम्हारी सोच ही घटिया है तब खुदा की कसम मैं उसे ही सोच रहा था ये तुम